सफल कमाई हे महाराज भरतरी थारी, थारी इसवर के जोग फकी राजा थारी Let ya go, let naast Haramna. Oh, let me not move again. मत <laughs> जी में पकड़ो हाथ मत मतो तो। राजा जी में पकड़ो आज प्रीत मत हरे धारा पर जो तो रख नाथ रात छुद हरे हरे धारा पर जो कौरख नाथ रात छुद भजन मारे का हरी सपाई माँ राजी हरी भर वि